हाय फ्रेंड्स आज मैं लाइव हूं हेलो केटरस और कैसे हो जाते हो और कुछ रिलेटेड आपसे बहुत ही शेयरिंग होती है बहुत प्यार